हेलो गाइस कैसे हैं आप काफ़ी दिनों बाद आया हूं आज मैं ना इंस्टाग्राम भेजता मैसेज वी आर टेलिंग योर फॉलोअर दैट यू हैव स्टार्टेड ए लाइव वीडियो हाँ भेजो भेजो भेजो भाई इंस्टाग्राम सबको भेज दो ये बात हेलो हेलो तनुज हेलो अमित बॉल बदल ली भाई साहब हाँ चलिए आज लक्ष्मी पूजा है क्या शरद पूर्णिमा के दिन मैच नहीं देख रहे क्या देख रहा हूं ना बॉल बदल ली और क्या राधे राधे मिस्टर अरूप कुलदीप पाठक चलिए चित्र राज कथरे अजय यादव हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो बताओ सब बढ़िया चल रहा है जीवन यापन हाँ मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए बात करे पहले तो मैं कर लेता था तुमसे बातें बीच में टाइम ही नहीं मिला काफ़ी सारा ऐसे निकल जाता है ना चलो जय श्री राम भाई चलो स्टूडेंट्स को जोड़ना शुरू करते हैं है ना जोड़ने दो और भी क्या चल रहा है बताओ इंडिया जीत जाएगी भाई आज तो स्थिति तो यही लग रही है कि इंडिया आज परचम लहरा देगी अपना सर भाभी कहा भाभी अपने घर पे है यार छुट्टी मनाने गई है वो सर एक बार क्या बोलना है मनीष बताओ फॉर ऑल गुड सर चलिए एक एक करके लेते हैं भेजा तो है अच्छा रह मेरी वॉइस नहीं आ रही है मेरी आ रही क्या मेरी वॉइस तो आ रही है ना सबको हाँ इधर इधर क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो जब तक कोई वीडियो पे कनेक्ट नहीं होता है तो सर फ्र हाँ, सर फ्रस्ट्रेटेड हूँ एक साथ बीहार एस एस सी आ गया और ए कैसे या ए अरे भाई बिहार एसएससी सीजीएल तो चलो आई गया ए एल कहाँ है अभी तो उसमें क्या दिक्कत है सर आपने बॉल स्टिकर लगाया है नहीं नहीं स्टिकर नहीं है वो है क्या नाम है वो बोलते हैं इनको पर्दा कल एन मेडिकल है जयपुर में भाई अच्छे से देकर आना वैसे कुछ दिक्कत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाना बस हो जाएगा कवर उससे हम्म अब एक, एक करके स्टूडेंट्स को ले लेते हैं दो चार स्टूडेंट्स से चर्चा करेंगे मैंने कहा मिल ही लेते हैं यार आजकल बहुत दिन हो गए ना जान ही रहा क्या आजकल सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल बहुत दिन से आपको फॉलो करता हूँ हाँ सर so, सीजीएल के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करूं मेरी बुक है ना पेनेशियामेटिक उसी से करो बढ़िया बुक है वो हम्म सर फोर बैंक कुछ बताइए ग्रुप डी कट ऑफ ग्रुप डी कट ऑफ तो आ रही है ना सबको सबको भेज रहे हैं कि क्या कौन जुड़ा है हेलो सर हेलो अभी क्या हाल है है बस सर बढ़िया आप बताइए और तो बताइए कौन सा एग्जाम चल रही है आपकी सर अभी तो ग्रुप डी देख आए बीस तारीख को अच्छा ही गया है मतलब 25 में ट्वेंटी फोर किया था मैथ्स में हाँ सर लेकिन एक चुक्का मार दिया जो कि गलती हो गया तो क्या था ना कि वो गलती दो साल सर फॉलो कर रहा है हाँ और बताओ बताओ क्या समस्या है इंग्लिश नहीं हो पाता है इंग्लिश समस्या तो रहती है इंग्लिश में क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है पहली बात तो ये हमें मतलब इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफर्ट्स इंग्लिश में तो यार यही है की भाई प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस से आएगी आपन जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को है ना इंग्लिश केवल प्रैक्टिस से आती है मतलब हम खुद ब खुद नहीं सीख सकते इंग्लिश ये मुझे पता है Okay, अपने लिए है एक -like तरीके से स्ट्रगलिश सीखना तो तो तो उसके लिए तो बस आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके तो तो ना तो तो कर लेता कैसा तो तो क्या करूं? कुछ मतलब पल्ला नहीं है सब हो जाएगा कोई टेंशन मतलब पढ़ाई करते रहो तो कंटिन्यू और जो जो भी एक्सपीरियंट क्वेश्चन पूछो सर सर मतलब सर ऐसा क्या है कि का का लेवल लेवल तो तो तो तो तो पता था था बाकी हार्ड सर सर तो तो सर एक है है है मतलब अनुमान सर इतना अगर आता वो तो कि... किसने में, में कितना की? की बात कर रहो हाँ सर, अच्छा की क्या 86 किया कोलकाता हो जाएगा यार इस बार तो में तो क्या चांसेस काफी ज्यादा हैं इस बार एक्चुअल में क्या है तो आप... कुछ बच्चे तो पे... कुछ बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए वाले हाँ और तो बहुत बच्चे ही नहीं थे एक है। जब सर एक बार कोलकाता आए थे तो वहाँ पे मैं भी आया था तो आपके साथ एक फोटो भी था अच्छा और ये आपसे पहले भी हम बात कर चुके हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए सर सर बस सर, अब आगे जैसे देखता हूँ बेटर होता वो तो लगेगा ही तो क्लास तो चल ही रहे वो भी काम का आपके क्योंकि सर एक बार क्या है मतलब सी, सीजीएल के मैथ या फिर कोई मैथ सबका मैथ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बस लेवल अप डाउन रहता है लेवल भी नहीं रहता आप जब पढ़ोगे ना बस तो आपको सब कुछ एज इट इज लगेगा आज अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी भी कर रखी है और अच्छे से अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो आराम से लगेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए यार और कुछ एग्जाम पे बैठा था ना तो मुझे लगा की पता नहीं क्या होगा बट मैथ का क्वेश्चन देखा तो आपका क्लास तो मतलब बहुत इजी लेवल था उतना हार्ड भी नहीं था नहीं नहीं सब अच्छा हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात मत मत करो आसानी आता है पेपर ही नहीं नहीं सर इस बार कुछ आसान नहीं। आ... हाँ हाँ इस बार ज्यादा ही आसान नहीं है आसान लगने लग जाता है अभी मेरे साथ जुड़े हैं अंकेश अंकेश वर्मा जी नमस्कार अंकेश क्या हाल है बढ़िया है चल चल रहा रहा है? है। है तैयारी किस कौन से एग्जाम का? से करो, करो जम के इस बार है एक बार फोड़ना एक में समझ रहे हो मेरी बात? कसर नहीं छोड़नी है बढ़िया रात को नौ बजे वाली क्लास लो और तगड़ी मेहनत करो ऐसी मेहनत करो की दोबारा सीजियल इतनी बड़ी वैकेंसी लेकर आने वाला नहीं है तो ये बढ़िया मौका है आपके पास ठीक है ना कसर मत छोड़ना तीन चार महीने की बात है बस अगर निकाल लोगे ना ना तो तो प्री के बाद तो मेंस पर निकाल नहीं है फिर। ये सर। है सर और बताओ कोई समस्या बढ़िया है, चल है? तो चल है चलो बहुत अच्छी बात है पढ़ाई करो चलो हाँ एक एक करके सबको जोड़ते हैं चिंता ना करो डियर अच्छा लगता है बात करके यार तुमसे कभी कभार अब बहुत दिनों बाद आया हूं मैंने कहा यार एक बार बात करते हैं स्टूडेंट से क्या चल रहा है लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं बढ़िया और ये रेगुलर होना भी चाहिए जरूरी भी है गुड इवनिंग गुड इवनिंग और क्या क्या डाउट आए सर इंग्लिश के लिए क्या करेंगे करें, तो तो हाँ भाई साहब आ गए हाँ जी हो गया हाँ जी हो गया लेवल स्टेशन मास्टर बन गए बस अब सर अच्छा और बाकी सारे लेवल के लिए हाँ बाकी फर्स्ट फर्स्ट में डाला हुआ ऐसा अच्छा, तो आगे ज्वाइनिंग के बाद करेंगे दोबारा कंटिन्यूजाम दे रहे हो अभी अभी तो सर वो स्टेट का ही दे रहा हूँ अच्छा चलो बढ़िया पढ़ा कॉन्ग्रेचुलेन बस सर अब तो एक बार आपसे आप, तो आप डांट, डांट खाई तो है क्या मोटिवेशन मिलता है बताओ जीवन में डांट खाए आपकी. हो गया ना, डांट अगर तुम मेरे ये, ये, के पास पढ़ रहे हो तो क्या मोटिवेशन है तुम्हारे पास? बस यही नही सी से, से अप्लाई किया था लेकिन जनरल होगा डांट खाने वाले आगे निकल जाते है कई बार इसलिए मैं अब ये देखो ये बहुत खाई है तो दो साल से तुम लगा था खा रहे थे ना दो ढाई मैंने तो सर हर हर क्लास में खाइए हर क्लास में हर क्लास में खाई ब्लॉक भी बहुत हुआ था ना तो आपसे कामयाब करता था भाई <laughs> फिर भी मैंने सर छोड़ी नहीं मजा भी क्लास छोड़ी नहीं आईडी दूसरी बना के ज्वाइन कर ली सही सही सही और अब कैसा तो फैमिली फैमिली को फैमिली फैमिली को पता है सब बढ़िया तरीके से फैमिली तो बढ़िया है पापा मेरे पास ही बैठे हैं अब बात करो अंकल जी नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्ते जी. बेटा स्टेशन कोई दिक्कत नहीं है करी भी तो, तो है लगातार जो कहते हैं ना डेडिकेशन होना है तो बच्चे ने हाँ रात को भी मेहनत करता था दिन में भी करता सारा दिन सारे रात बैठना बड़ा मुश्किल था जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है और रिजल्ट नहीं आता तब तक ऐसे ऐसी बच्चा मेहनत कर रहा था मैंने देखा जी पढ़ाई बहुत बहुत पढ़ाते थे आपने सुना होगा चलो उनका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मोनू ठीक है हाँ जी सर अब ध्यान रखना घर वालों का है ना बढ़िया तरीके से है ना फुल सर फुल स्पोर्ट है ठीक है है ठीक ना मिलने आना था बताना जयपुर आए तो है ठीक है सर ठीक है, सर। ठीक है, सर। ठीक है।, ठीक है सर। जीवन में क्या खा सकता है इंसान किसी की जिंदगी बन जाए ना इससे बढ़िया होती है लाइफ में पता है और वैसे लोग मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है और भी मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए कि और क्या कर दू क्या नहीं कर दू अच्छा लगा बहुत बात करके और भी स्टूडेंट से कनेक्ट होते शतक हो गया भाई गुड इवनिंग सर हाँ वीर क्या हाल है बढ़िया है सर आप कैसे हैं सर मैं अच्छा हूँ भाई यार बता और सब बढ़िया चल रहा पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही सब बढ़िया चल रही है सर सर एक चीज तो आपसे सीखा सर मैंने मैथ में तो बहुत वीक था सर लेकिन जब से आपकी क्लास आई सर बाई फाई पे तो मैथ तो उड़ाने लगे पेपर भी क्लियर कर लिया सर एमपी पुलिस भी कर लिया रेलवे ग्रुप बी भी हो जाएगा सर कौन सा वाला किया अभी एनटीपीसी हो गया क्लियर एनटी तो नहीं दिया था सर उस समय में तैयारी नहीं स्टार्ट किया था छोटा कौन सा निकला सर एम पी पुलिस निकला है सर मध्य मतलब प्लेस का हूँ सर तो वो, वो हाँ वो निकल गया हाँ, नहीं सर उसका मेडिकल बस बचा है मेडिकल में तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर क्लियर तो। जी सर और सर इसमें ग्रुप डी भी अच्छा गया है सर यार। बहुत बहुत ही है।, है सर अभी, कम, अभी जी सर आना छोड़ दे जी सर बिल्कुल सर इस बार सीरियल भी भी भर हूँ सर और बस आपको फॉलो कर रहा हूँ सर थोड़ा जो प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है सर इंग्लिश में तो यार प्रॉब्लम रहती है मैं कहते हम हिंदी भाषी लोग है देखो मेहनत करते रहो सब निकल जाएगा अब ये मोटिवेशन है एक बार नौकरी लग गई ना तो ये निकालोगे आप गारंटी से अगर तुम ढंग से पढ़ते रहे ना लगातार आराम से फोड़ोगे ये मुझे पता है मत लो आराम से पढ़ाई करते रहो है ना और बाकी सर जी सर बिल्कुल सर बाकी मैथ के लिए सर आप मिल गया तो मिल अरे बस यार तुम मेहनत करोगे ना बच्चा तो मैं कितनी मेहनत कर लूँ और ये मेहनत का रिजल्ट तो जॉब लेके बैठे और क्या है, है ना अब कितने दिनों के बात नहीं कर पाता मैंने तो रेंडम आपको कॉल किया और आपका भी सिलेक्शन हो गया कितनी बड़ी बात है कितने लोगों की लाइफ बदली हालांकि मुझे पता नहीं रहता अब तुमसे कभी मिलता मैं एमपी में जाकर पुलिस में तुम होते और मेरे को देखते तो पहचान जाते और यही तो कमाया है सर, नहीं सर। में जी सर। अभी पे हो पुलिस अच्छा अच्छा सर। सर। यार बहुत अच्छा लगा बात करके वीरेंद्र और कहा लगे पड़े हो तुम भोपाल में हूँ अभी एम पी भोपाल में हो और पोस्टिंग के क्या संभावनाएं अगर बातचीत हुई हो तो कोई भी जिला दे सकता है सर अब ऐसा तो नहीं पता है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज के लिए आता है चलो मेरे को तो तो हम अपना भी, आप जी भी हो जी तो सर मिलेंगे फिर आपसे एम पी आएंगे तब तब तब। बिल्कुल सर बिल्कुल सर ठीक है न थैंक यू सर ओके प्रणाम सर ओके बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है आप लोगों से ऐसा लगता है कि बात ही करते रहे बस कितनी सारी चीजें निकल कर आती हैं कितने सारे स्टूडेंट्स के सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं एक टीचर से वो देखने को मिलता है चलिए और स्टूडेंट्स से हम कनेक्ट करते हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग तो मैच ही देख रहे होंगे सुरेश अयर का हो गया शतक सैमसन ने मार दिया छक्का मैं रैंडम बच्चों को ले रहा हूं है ना जो भी मुझे दिख रहा है इज्जत रख लो तुम्हारी मैंने क्या कर लिया भाई ऐसा सबसे जुड़ रहे हैं मैं एक साथ सबको भेज रहा हूं सबको भेज रहा हूँ सबको जिसको ऐड करना है वो ऐड कर लेना हेलो हमारे साथ कौन जुड़ा है हेलो हेलो सर नाम क्या तुम्हारा ये ये क्या सर मेरा बट मेरा नाम अनु कुमारी कैसे है कैसे अनु कुमारी क्या हालचाल है सर ठीक है पेंट ग्रीन हो रहा है? क्रोमा लगा रहा है हमारी तरह नहीं सर ये पेंट है अब मेरी क्लास के पीछे भी भी तो ऐसे रहता है मैंने कहा तुम वीडियोस बन... वीडियो no, बहुत भगवान करते भगवान प्लीज एक बार सर से बात हो जाए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करती थी Sorry. आज हमसे बात हो गया ना अरे कोई कोई नहीं नहीं वो बताओ तैयारी कैसे चल रही है है है तुम्हारी में क्या क्या सुधार सर सर सर सर बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा अब मतलब मैं मैं कुछ बताना चाहती हूं। आ, सर, ऐ, ऐसे मैं हूं। दिक्कत नहीं। क्या है? तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में रहती थी अचानक मेरी सिस्टर हमको सजेस्ट किया की कि तुम इन सर का क्लास लो इन अच्छा मोटिवेशन का भी स्पीच करते हैं और अच्छा मैथ करते हैं और मैं आपका क्लास ले लेके इतना इंप्रूवमेंट हुई ना कि अभी मैं एग्जाम आई आप को इतना अच्छा लगा कि मैथ अच्छा तरह से हुआ हूँ <laughs> इतना अजीब लग रहा ना सर मतलब बोलना को बहुत घबराहट गव, टाइप का लग रहा है घबराहट गया तो, मतलब, तुम्हारा सर बाद में हूँ पहले तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और मतलब दोस्त हूँ सब कुछ हूँ मैं तुम्हारा पहले बात ये है कि तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहती हो तो मैं एक पार्ट बन रहा हूँ तुम लोगों का और करो ना यार खुला पढ़ो कोई भी टेंशन हो मेरे से कहो कुछ भी बात हो मेरे से कहो कोई भी प्रॉब्लम हो और मन लगा कर पढ़ाई करो पढ़ाई में कभी मतलब रुक सोचना नहीं कोई हाँ। कोई ऐसा बिल्कुल मैं सोचू की कोई तुम्हारे साथ नहीं है हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई है एग्जाम दिया कैसा गया एग्जाम वही सर बहुत अच्छा Uh, पहले मैं एक जो एग्जाम दी थी हमको कुछ समझ में नहीं आया था कि कैसा करना मैथ तो कुछ भी समझ में नहीं आता था उसके बाद आप क्लासेस लेने लगे तो हमको बहुत अच्छे से लगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया मैथ मैंने मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं जोड़ा अरे वाह तो मतलब अरे तुम रहने वाली कहाँ की हो यस सर सर झारखण्ड धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखण्ड आज तो रांची में मैथ चल रहा है Yes, sir. चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कभी झारखंड आना होगा तो डेफिनेटली मिलूंगा कुछ अभी तो कोई मैंने तैयारी कही नहीं किया मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म कही नहीं किया बस आपका क्लासेस ले रही और तैयारी कर रही और स्ट्रॉन्ग कर नहीं भरा नहीं भरा नहीं अच्छा तो मतलब सीजियल उनको बहुत टफ लग रहा है हमको लग रहा है कि हम नहीं करेंगे पहले हम बेस्ट तैयारी करेंगे उसके बाद हम बता ना, ये करेंगे। करते, करते करते होती है एक दो बार एग्जाम दो आदत पड़ जाती है तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ऐसा पीक पॉइंट आएगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे हमेशा सीखते रहना है आप रेगुलर क्लासेस फॉलो करो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो क्विक ट्रिक बाई साइड सर को आपने सब्सक्राइब कर रखा है रात को नौ बजे में पढ़ा रहा हूँ आप बस अपने कॉन्सेप्ट को शार्प करो जितना आप कर सकते हो ठीक है ना सर डेली आपको क्लास में डेली लेते हैं बहुत बढ़िया अच्छा लगा अनु बात करके और टेंशन बिल्कुल ना लाइफ में यार सब मस्त है जिंदगी ठीक है ना डिप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है yes, लाइफ में सोचो कि कब कौन कैसे लोग मिल जाए क्या पता रहता है नहीं यस yes, सर जैसे आप हम लोग को मिल गए बहुत मस्त है मतलब देखो ना कितना अच्छा लगा बात करके <laughs> कितना मजा आ रहा है बात करके है नाम तो ना को इतना खुशी हो रहा ना की मैं अच्छा बात भी नहीं कर पा रही हूँ तुम आराम से <laughs> आगे आगे सिस्टर को दिखाएंगे ना वो शौक हो जाएगी कि <laughs> अरे आ, आराम से पढ़ाई करो टेंशन ना लो और मैं साथ में हमेशा ठीक है ना कोई भी इशू हो कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को मेल कर देना ठीक है सर आपका जो आ, क्लास होने से स्टार्ट होने से पहले जो आपका वो लाइंस रहता है ना सर वो ना सच में बहुत हिम्मत देता है अरे चिंता सब हिम्मत देगा। और सबसे अच्छी बात बताए तुम लोग मेरी हिम्मत हो अब तुम पढ़ रही हो अब मेरे को ऐसा लगेगा पढ़ाते वक्त कि अन्नू भी पढ़ रही है उसको समझ में तो आना चाहिए कम से कम ऐसा होता है जब बन जाते हैं बच्चों से तो सामने कैमरा मेरे को क्या लग रहा है इतने सारे लाखों लोग पढ़ रहे हैं वो तो किस वजह से पढ़ रहे हैं कि समझे उनको अच्छा स्कोर करे वो लोग है न बहुत अच्छा लगा अनु बात करके आराम से मस्त रहो टेंगे दोस्तों कुछ चीजें कितनी प्यारी होती हैं लाइफ में हा यार बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों से बातें करके और ये पल मतलब लाइफ में बुलाए नहीं जाते कभी भी अब जब मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ अनबिलीवेबल मोमेंट्स हैं ये लाइफ के मैं, दे, मैं भेज रहा हूँ सबको रिक्वेस्ट यार तुम एक्सेप्ट कर लेना एड तुम तुम्हें ज्वाइन करना है सर मैं कर्नाटक से देख रहा हूँ मैं इतने लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी के पास आ नहीं रही है क्या मेरी हाँ पीछे से भेजता हूँ मेरे पास नहीं आई सर बहुत सारे बच्चे हैं आराम से आ रही होगी आप तो। अभी कोई जुड़ा है मेरे साथ ये कौन सा है डावर नमस्ते सर कौन सा तेल रखा है सामने अरे ठंडा तेल सर <laughs> भाई बाल तो, तो मेरे भी उड़ रहे, भी उड़ रहे।, रुक रहे हैं टकले होने के बाद रुकेगी <laughs> बचेगा उड़ाने के लिए नहीं बचेगा तो रुके ना भी ट्रांसप्लांट तो कर सकते औकात तो है नहीं लेकिन ठीक है टकले होने से रुक जाए वो भी क्या पता औकात हो जाए जब बाल ना रहे तो देखो हमारे गांव में क्या हाँ। बनता है की जिसके सिर पे बाल नहीं होते उसका पैसा बहुत होता है क्या पता आ रहा होनी धीरे धीरे कर रहे हो सर पेट की सर कौन सी टी पेट की सर आपकी वीडियो देख रहे हो ना संभावित प्रश्न पत्र देख रहे हो पच्चीस आने चाहिए पेपर वैसा ही आएगा और पेपर मैंने वो लाइन इसलिए हाँ मंदिर यहीं बनेगा बिल्कुल है सौ किलोमीटर <laughs> कहीं भी चले जाओ यार घूमना हमारे यहाँ बगल के बगल में पटक देते थे और लगभग ऐसा है की यार बहुत दूर आ गया कैसे हो पायेगा कैसे नहीं हो पायेगा लेकिन वास्तव में दूर आना चाहिए आराम से घूमना फिरना हो जाता है यार हाँ और सर कैसे मैं बढ़िया आप बताओ यार सब बढ़िया चल रहा है बहुत, बहुत अच्छा हैं सर आप धन्यवाद यार बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके भी मिल लिए तुमसे और क्या चाहिए बताओ सर मिलेंगे सर तो तो एक ने, ने, ने, ने, इस बार नौकरी लगाओ फटाफट से फिर बढ़िया तरीके से देखो यही होता है कनेक्शन ऐसी बनते हैं लाइफ में मान लो कभी हम आये उधर की तरफ या तुम इधर की तरफ आये और कभी टकरा गए तो तुम पहचान लोगे सर आप मुंबई से मुंबई में रह रहे मुंबई भाई कहा <laughs> जयपुर अरे, अरे सर बड़े बडे रहते तुमको तो लगा है <laughs> तुमने दिल्ली मुंबई पहुँचा दिया अच्छा सर अच्छा। मैं अरे तुम यूपी में कहा से हो सर प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ मैं, मैं में पास हूँ यूपी हमारे टच में ही आता है मैं वहाँ से हूँ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से अच्छा सर हाँ, तो मथुरा ये सब अपने पास हैं सर सर सर आपके YouTube के के के काफी मतलब जितने भी सर, पूरे हिसाब के, के से देख देखते तो मदद मतलब हाँ, हाँ, अरे बहुत अच्छा है मतलब उनको कोई पढ़ ले तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है पूरा के पूरे हाँ, मतलब है ठीक हाँ, है हर्ष अच्छा लगा ठीक है सबको भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट लेकिन तुम्हारे पास आ क्यों नहीं रही है आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट स्लो है प्रेम को भी भेजा है मैंने आदि को भी भेजा है कुमारी प्रिया को भी भेजा है और कमलेश रवि करणदीप दिनेश दिनेश तो शायद पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग नितेश यादव भेज रहा हूँ यार सबको भेज रहा हूँ चिंता ना करो हेमंत शर्मा शिप्रा जी को भी भेज दिया पवन हेलो सर राधे राधे राधे राधे बढ़िया सर आप कैसे हैं मैं बढ़िया आप बताइए है सर पढ़ाते तो सबसे अच्छा है क्या सर आपने गधा बोला था नहीं सर सच सच में मैंने नहीं बोला था वो झूठ बोल रहा है <laughs> वो वो सुबह से पीछे पड़ गया हाँ सर वो सुबह आपने बोला था ना गाय और गधा तो मैंने कहा तू चूज़ कर ले गाय है कि गधा है अच्छा वो चलो कोई नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। और सब बढ़िया बढ़िया पढ़ाई बस डर लग रहा है बात करते हुए साल हो तुम साल से पढ़ रहे? तीन साल हो गए जी सर अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया है पढ़ाती हो हाँ पढ़ाते हैं में। इंग्लिश मीडियम है पूरा। <laughs> मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं। बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की आप से लेते हैं ना सर <laughs> मेरी इंग्लिश <मत> पढ़ो तुम <laughs> वो जेबीयर वाले अरे सर <laughs> <laughs> सर सर सर सच में सर, सर, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी सच में जब से आपसे पढ़े मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है तुम तुम पढ़ा भी तो रही हो हो अब टीचर बन चुकी हो, हा? हाँ, बिल्कुल सर ने बोला है कि आप मैथ लीजिए मैथ पढ़ाइए <laughs> तो उन्होंने मुझे मैथ ही दे दिया उठा के जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है सैलरी मिलती आठ हजार बस आठ है हाँ बस तो फिर ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दो तुम तो टीचर वीचर थोड़ा हाँ सर अभी नए नए ना अभी सितंबर में ज्वाइन किया इसी वजह से हाँ हाँ फिर तो थो ही, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ। अच्छे लग एक बार ट्यूशन लग लग तो दो सौ रूपये ऐसी कम किसी से बात मत करना दो सौ तीन सौ रूपये ऐसी तो मोहल्ले वाले पढ़ते है तो एक भी नहीं देते हैं क्यों ऐसे बोलते ना की मैं पता नहीं ऐसे वैसे नहीं पढ़ाती हूँ बोले तीन सौ दो सौ रूपये ऐसी कम बात नहीं करूँगी मैं अरे सर एक तो एड, यहाँ पे गांव में ना एक तो एडवांस देते नहीं है ऊपर से एक दो महीना पढ़ लेंगे उसके बाद कहेंगे अब नहीं पढ़ेंगे जब पैसे मांगते हैं तो बोलते है अब नहीं पढ़ेंगे ऐसा बोलते हैं मोहल्ले में ऐसे होता है लेकिन वही है कि अच्छे, अच्छे अच्छे लोगों को जो वास्तव में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो ना अब जैसे वहाँ से अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे तो वो वो ऐसे नहीं करते उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हाँ, इसलिए मिलेंगे हाँ, इसीलिए आपकी दीरे। क्लास अब नहीं ले पाते इसीलिए हाँ, नहीं धीरे-धीरे ऑफलाइन दी। लेते हैं ऑफलाइन बाद में करते हैं क्या है की स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है एग्जाम नहीं दे रही हो क्या तुम एग्जाम दे रहे पंद्रह गो अच्छा अच्छा ले रहा हूँ वो लेना है ना उसमें से आएंगे हाँ सर हाँ सर वो चार बजे वाली ले रहे हैं आपकी हाँ हाँ हाँ हाँ बस रात में बाकी पढ़ाओ अच्छे से, साइंस, अगर तुमने अच्छे से एक हाँ। डेढ़ साल, साल पढ़ा दिया ना तो वैसे कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें क्योंकि बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं स्कूल में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है टीचिंग को ऐसे लिया करो की सीखने के पैसे मिल रहे हैं हमेशा टीचिंग को ऐसे लिया करो कि सीखने का पैसा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं सीख रही हूं हूं सीख रही हूं बस अपने बेहतर हो हूँ जी सर चलो जी है सर और सब घर में सब अच्छा हाँ सर हाँ सर म, मेरी मदर नहीं है ना तो सारा सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है तो अभी तुम कितने कितनी है चार थी एक एक्सपायर हो गई है तीन है हम लोग एक की शादी हो गई है दो है अभी और भाई नहीं भाई नहीं है पापा पापा है, पापा पापा हैं हैं बाबा हैं और चाचा हैं तो पूरे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है बहुत बहुत लाइफ में स्ट्रगल है हा? लेकिन तुम खुश रहती हो बहुत सर है। अरे हाँ बिल्कुल सर लाइफ में लाइफ में मतलब कितना हाँ, सर हंसते ही रहना चाहिए वरना सैड क्या, क्या मिलेगा कुछ मिलने वाला है नहीं और जो हो गया वो हो गया उसमें शोक तो तो मना के क्या फायदा हुँ। हुँ। चलो यार अच्छा करो लाइफ में बहुत अच्छा करो और सर मैम ठीक है मैम तो बढ़िया ही है मैम क्या होगा मैम ठीक है आप तो ठीक ही है सर आप हमेशा हंसते रहते हैं मैम को क्या बहुत दिन हो गया ना देखे नहीं शादी के बाद से आप कभी लाइव ही नहीं आते मैम को लेकर तो तो? तो वीडियो, वीडियो तो, वी, उन, उनको शौक नहीं है अभी किसी दिन देखते है इंस्टाग्राम लाइव लेकर आते है धमाका तो हाँ सर हाँ सर बिल्कुल लाइये हम लोग से भी मुलाकात करवाइये बह� इतने पुराने स्टूडेंट है हम लोग आपके सही है और अच्छे से रहो कोई टेंशन वेंशन हो तो बताना है ना बढ़िया पढ़ाई करो और हाँ सर जो भी मुसीबत है, कर है अपन को और कुछ नहीं है ठीक है ना बिल्कुल सर बिल्कुल सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बाकी शिप्रा जी बढ़िया पढ़ाई करते रहो और एग्जाम निकालो तुम तो सरकारी थीक थीक निकालो, है? बिल्कुल सर बिल्कुल सर थैंक यू सर टेक केयर मेरी बहन कह रही है सर एक बार उससे भी मिल लीजिए नमस्कार हेलो सर हेलो हेलो नमस्ते सर आपका नाम क्या कैसे हैं आप मैं अच्छा हूँ <laughs> इसको तो बंद करो कैसे हैं आप मैं अच्छा हूँ तुम बताओ लाइफ में फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है इतना अच्छा लग रहा है हमारी स्टूडेंट की पहली बार हो रही है तुम तो <laughs> उनकी बहन हो <laughs> मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है आपको ऐसे देखते थे तो मतलब वगैरह पे देखते थे लेकिन आज अच्छा लगता है बात करके यार। मुझे बा, काफी दिन बाद और, और काफी अच्छी मतलब बोल्ड, बोल्ड सिस्टर पाई है तुम लोगो लो ने मतलब है ना बिल्कुल <laughs> बिलकुल <laughs> तो तुम छोटी हो इससे बड़ी हो हम सबसे छोटे है ये सेकेंड नंबर पे है तो ये ये ये थोड़ी मैच्योर लगती लगती है लगती <laughs> है सर। है है तुम हो और मैम मैम मैम ठीक ठीक सर सर सर सर बढ़िया को क्या होगा सर से पूछो नहीं हाँ ये भी ये भी ओके <laughs> okay लीजिए बात कीजिए थैंक यू सर मुझसे बात करने तो के ना, लिए ना, ना, नाम क्या है तुम्हारा शिवांती शर्मा शिवांती अच्छा चलो शिवांती बहुत अच्छा लगा बात करके ठीक है शिप्रा बस करो ओके सर बाय बाय सर ओके बाय बाय कर बायो ठीक है सर अब बात कर लीजिए बाकी हाँ, लोग भी लाइन में लगे हैं ठीक <laughs> है चलो ठीक है ओके ओके ओके सर सर नमस्ते गाइस बहुत अच्छा लगा यार बात करके अब फिर कभी और आएंगे ठीक है और मैं तो सोच रहा हूँ जूम पे लेकर बात करेंगे किसी दिन ठीक है अच्छा लगा और मैम मैम को कहां से मैं, मैं ही नहीं तो यार मैं नहीं को जो भी विद्यार्थी है ग्यारह बजे एस एस सी जी डी की क्लास शुरू कर रहा हूँ वाई फाई स्टडी पर और रात को नौ बजे सीजीएल का चल ही रहा है जूपिटर का चार बजे चल रहा है ट्रिक भाई साहिल सर पर। ठीक है चलिए तो बस पढ़ाई करते रहिएगा ऑल द बेस्ट मिलते हैं आपसे अगले सेशन में और इंडिया जीत चुकी है बहुत सारी बधाई आप लोगों को श्रेयस श्रेषर का शतक शतक हो चुका है और संजू सैमसन ने भी दो चार बॉलों का कैमियो खेल दिया ठीक है किशन किशन भी बढ़िया खेल कर गया है यार एवरी संडे आना हाँ हाँ अरे पूरा प्लान है भाई पक्का तो अपना ध्यान रखो बढ़िया पढ़ाई करते रहो मैं साथ में हमेशा हूँ हमेशा रहूंगा टेंशन मत लेना टेक केयर बाय बाय